गुड इवनिंग फ्रेंड्स आलोकन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में सारी जो रोज़गार की जो संभावना है वो चौपट हो चुकी है पर एक नई खबर बेरोजगारों के लिए आई है जो कि युवाओं के लिए बहुत एक संजीवनी का काम करेगी और ये खबर है एस बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने करीब पाँच से ज़्यादा जो क्लर्क के जो पद हैं उनकी एक भर्ती निकाली है और वो भर्ती है वो स्टेट के लेवल पे होगी और स्टेट के लेवल पे होने के के साथ साथ उसमें दो उसके जो वेरियर्स आपके सामने रहेंगे एक प्रलिम्स एग्जाम होगी प्रलिम्स के बाद में मेन एग्ज़ाम होगी और मेन एग्ज़ाम में आपको रीजनल लैंग्वेज भी पास करनी पड़ेगी ये बैंक पहली बार इसको इस तरह से कर रहा है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो आ, आओ शुरुआत करते हैं तो देखते हैं हम किस बैंक में वैकेंसी निकली है सबसे पहले हम देखते हैं कि एसबीआई बैंक में जो है ये वैकेंसी आई है और एसबीआई बैंक में किस पोस्ट के लिए आई है तो ये जो पोस्ट है इसको जो उन्होंने जो जूनियर एसोसिएट्स का नाम दिया है जो क्लर्क क्लेरिकल जॉब में उसमें काउंट होगा तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसके लिए किन किन पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी या किन किन सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी तो इसमें जो पेपर होगा वो तीन तीन तरह के फॉर्मेट उसमें आएंगे एक ही पेपर में तीन तरह के फॉर्मेट आएंगे जिसमें मैथमेटिक्स होगा रीजनिंग होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रीलिम्स में होगा और मेन्स में जब बाद में जाएंगे आप तो प्रीलिम्स पास करने के बाद जब मैन में, में जाएंगे तो आपको रीजनल लैंग्वेज की जो जो भी आप चुनेंगे जिस स्टेट से आप चुनेंगे उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज को आपको पास करना होगा उसके बाद ही आपका फाइनल सलेक्शन होगा इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है ये आपने कल और परसों के अखबारों में देखा होगा और अगर आपके पास नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है तो आप आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आकर के और सीधे अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसके पूरा का पूरा जो उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो विज्ञापन आया है वो आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आलोकन अकेडमी के ऐप पर आप, आप देख सकते हैं आप सीधे उसमें जा कर लिंक पर जा कर फॉर्म भर सकते हैं अब हम बात करते हैं नौकरी के बारे में कि ये नौकरी किसके लिए है क्यों है क्या इसका फॉर्मेट होगा तो ये सबसे पहले तो ये जो है ये बैंक में नौकरी है बैंक में जो है वो एसबीआई बैंक है और इसकी तैयारी कर रहे जो के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है एसबीआई ने जो है ये जो जो भर्ती जो जारी की है वो क्लरिकल कैटेगरी में की है और इसमें इसको इन्होंने जो नाम दिया है वो जूनियर एसोसिएट्स का नाम दिया है इस तरह से जो एसबीआई की क्लरिकल भर्ती 2021 का जो आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से आरंभ हो चुकी है और इसका जो विज्ञापन है वो कई अखबारों में और उसमें आ चुका है और कई सारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें आलोकन भी आलोकन अकेडमी की वेबसाइट भी है जो कि आपको सारी की सारी सूचना वो एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मुहैया करवाती है इसमें अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता के बारे में हम बात करें तो इसकी जो योग्यता जो बैंक ने रखी है वो ग्रेजुएसन रखी है और ग्रेजुएशन के बाद जो है आप उसमें जा करके के फॉर्म भर सकते हैं पर इसमें बैंक ने दो दो चीज़ें और आपकी बार नई जोड़ी है इसमें जो पहली जो चीज़ है वो है आप अगर आपके पास ड्यूल डिग्री है तो ड्यूल डिग्री में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं पहले पहले जो बैंक जो जॉब निकालते थे उसमें ड्यूल डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो अब बार आपको दग, घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है ड्यूल डिग्री के साथ भी आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और किसी ग्रेजुएशन के साथ दूसरी कोई डिग्री की है तो आपको आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है और ये जो अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल जो उसकी वेबसाइट है आधिकारिक जो वेबसाइट है एस बी जाकर के आप जूनियर एसोसिएट्स के नाम से जो पद विज्ञापित किए हैं पदों का जो विज्ञापन आया है एडवर्टीजमेंट आया है उसको आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और अपने अपने योग्यता के अनुसार उसमें जाकर के आप फॉरम भर सकते हैं आगे आप देखेंगे तो इसमें इसकी जो पदों के बारे में हम बात करेंगे कि कितने पद हैं और ये पद जो हैं लगभग पाँच हज़ार चार सौ चौवन पद हैं जो कि रिक्रूटमेंट में निकले हैं विज्ञापन में आए हैं और इन पदों का जैसा मैंने आपको नाम बताया था कि इनका नाम जो है ना, बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स के नाम से दिया है ये पहले क्लर्क के नाम से आता था अब इसको जो बैंक है उसमें उसने उसको जूनियर एसोसिएट्स में उसको नया एक नाम के साथ लेकर के आया है इसकी जो अंतिम तिथि है उस पर अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है जैसा कि हमने दिखाया है आपको तो ये सत्रह मई दो है सत्रह मई दो को शाम को पाँच बजे तक आप ऑनलाइन मोड में इसका फॉरम भर सकते हैं ऑफलाइन मोड में इसके फॉरम आपके बार अवेलेबल नहीं है जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई की भर्ती की पूरी जानकारी के लिए दिए गए नोटिफिकेशन के लिंक आप जाकर के आलोकन एकेडमी की जो वेबसाइट है आलोकन अकेडमी कॉम पर जाकर के इस वाले लिंक हमने क्रिएट किया है उस पर आप जा कर के देख सकते हैं इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको जो फॉरम भरने की बात आती है तो सबसे पहले चूंकि आयु का सबसे बड़ा उम्र का जो है सबसे ज़्यादा लोगों को क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं निकल रही है तो जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो कई सारे ओवरेज हो जाते हैं इसलिए इसकी जो एज है इसको जो है एक अप्रैल दो एक को मान कर के साल तक के जो योग उम्मीदवार है वो आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिन कैटेगरीज को जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसमें एसटी टी ओबीसी महिलाएं और जो सरकारी जो कर्मचारी है उनको इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है तो आप इसमें ये जाकर के देख सकते हैं 28 साल हो या फिर आपका जो है एस टी एस को इसमें पाँच साल और तीन साल की एस सी को पाँच साल की और ओबीसी को तीन साल की बाकी सरकारी जो कर्मचारी उनको भी उसमें उसके बाद छूट का प्रावधान किया गया है आप अगर इसमें देखेंगे तो इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया जैसा कि हम आपको आरंभ में बता रहे थे कि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है ये चयन की जो प्रक्रिया SBI इसमें जो है दो परीक्षाएं आपके लिए लेगा पहले मैं जिसको उन्होंने प्रीलिम्स बोला है प्री एग्ज़ाम बोला है जिसमें आप सब लोगों को फॉर्म भरना है फॉर्म भरने के साथ साथ उसमें जो एग्ज़ाम होगी उस प्रीलिम्स एग्जाम में जो पास करेगा जो पास हो जाएगा प्रीलिम्स में वो जाकर के फिर मुख्य परीक्षा में बैठेगा और उसमें जो है आपको जो है अपना एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है उस स्टेट की लैंग्वेज जो है उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है जो उसकी जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें जा करके फोरम भर, उ, उ, उसकी परीक्षा भी आपको अलग से पास करनी पड़ेगी और ये जो जो आपकी जो पोजीशन होगी वो स्थानीय भाषा के टेस्ट को शामिल करना होगा जो सो अंकों का होगा और प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी जैसे प्रिलिम्स की ऑब्जेक्टिव होगी वैसे उसकी भी एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी परीक्षा का समय एक घंटे का होगा और इसमें तीन तरह के जो है क्वेश्चन आएंगे इसमें पहला जो है आपका जो है भाषा से संबंधित है इसमें अंग्रेजी भाषा का होगा दूसरा जो है इसमें न्यूमेरिकल्स का है जिसको अब आप मैथमेटिक्स बोल सकते हैं और तीसरी इसमें जो है वो आपके लिए रीजनिंग की है इन तीनों पेपर को मिला करके आप जो है अगर मेरिट में आते हैं उसमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे एक के 40 क्वेश्चन आएंगे ऐसे करके आपको अगर मेरिट में आप स्थान पाते हैं तो उसके बाद आपकी मेन एग्जाम होगी मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको जो रीजन लैंग्वेज है उसका भी एक पेपर पास करना पड़ेगा उन तीनों में आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको उसके लिए ज्वाइनिंग देंगे जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है किसी भी फॉरम को भरने के लिए तो उसमें उसमें ये पूछा जाता है कि उसकी जो है फ़ीस कितनी होगी उस एप्लीकेशन को भरने के लिए फ़ीस कितनी होगी तो इसमें जो है वो सामान्य और ओबीसी के लिए जो है वो साढ़े सात सौ रुपये रखा गया है इसमें ई के लिए भी साढ़े सात सौ रखा गया है और एस सी और पीडब्ल्यूडी डब्ल्यू और एक्स सर्विस और इसके जो दूसरी जो कैटेगरीज हैं उसमें उम्मीदवारों को शुल्क में जो है छूट दी गई है उनके लिए छूट में उनको रिलैक्सेशन दिया गया है अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है तो इसमें जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे शैक्षणिक योग्यता की जो हम बात कर रहे थे शैक्षणिक योग्यता के लिए इसमें कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए आप अगर देखेंगे तो इसकी जो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिन उम्मीदवारों के पास एक जनवरी दो से पहले तक का इंटर इंटरग्रेटेड ड्यूल डिग्री जो कोर्स है जो मैं आपके बता रहा था बैंक ने पहली बार जो है वो ड्यूल डिग्री को भी रिकॉग्नाइज किया है और उसको उन्होंने आईडीडी बोला है इंटरग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्सेज उसमें आप आ, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा जो लोग अपने ग्रेजुएसन में जो रनिंग रनिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल फाइनल ईयर में बैठे रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में है वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं मतलब आपका फाइनल रिजल्ट एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी नहीं है आप फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद आप परीक्षा दे सकते हैं परीक्षा देने के बाद जब आपका जो फाइनल जब सेलेक्शन होगा तो तब जा के आप फाइनल की मार्कशीट वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इसमें एस की जो इसकी जो पूरी की पूरी जो भर्ती जो प्रक्रिया है उसको अगर हम लास्ट में एक बार पुनः समराइज करें पुनः उसकी एक संक्षिप्त रूप से अगर उसके बारे में जान जानकारी जुटाएं तो ये है कि इसमें एप्लीकेशन की जो फॉर्म है फॉर्म भरने की जो डेट है वो सत्ताईस अप्रैल से चालू हो गई है एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो सत्ताईस अप्रैल से फॉर्म इन्होंने मांग लिए हैं आपको ऑनलाइन भरने हैं फॉर्म आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 मई रखी गई है और प्री एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव जो डेट दी गई है जो संभावित जो डेट दी गई है परीक्षा की वो 26 मई दी गई है मतलब आपके 17 मई के बाद ए, दस दिन के बाद आपकी जो है प्री की एग्जाम बैंक करवाने की बात कर रहा है प्रलिम्स एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा और मुख्य परीक्षा वो है इकतीस जुलाई दो को होगी तो ये आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं अच्छे से अपना स्कोर करते हैं तो आप ये मानिए अप्रैल से लेकर के जुलाई एंड तक आप जा करके नौकरी पा सकते हैं ऐसे आप आ, आपके लिए एक सुनहरा मौका है आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि कोरोना के बीच में आप अपनी तैयारियों को जाए जारी रखिए तैयारी करने के साथ साथ आप अपनी एग्ज़ाम्स का फॉर्म भी भरी फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद आप जुलाई में अपनी नौकरी पा सकते हैं तो इस तरह से हम आपको आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो नई जो सर्विसेज के विज्ञापन जो आएंगे उसका बारी बारी से समय समय पर उसके आपके सामने लेकर के आएंगे कल एक दूसरी परीक्षा में जो, जो कुछ और पो, पोस्ट आई है दूसरे डिपार्टमेंट्स में उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद शुक्रिया